असलम दोस्तों वैलकम करता हूँ अपना YouTube चैनल टेक्निकल पंजाबी टूम में तो दोस्तों आपकी इस आज के इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल फोन पर मैच किस तरह देख सकते हैं खास तौर पर पाकिस्तान इंडिया का मैच बहुत ही ज़्यादा गर्मा गेमी है इस मैच में पाकिस्तान और इंडिया की आवाम की तरफ से तो दोस्तों अपने अपने प्ले स्टोर ओपन करना है प्ले स्टोर ओपन करने के बाद पार सर्च करने में द्रास लिखे आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा और होमस्क्रीन पर भी तो दोस्तों आपने किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर आपको सामने भी दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर लाइव मैच तो दोस्तों हम लाइफ दिखा नहीं सकते तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मिलते हैं अगली वीडियो तक तब तक कलाने के बाद